कौन सा भाई मेरे को दे यार ले। फो। फो। नहीं होना चाहिए पैंतालीस सौ ये लेने भाई भाई भाई भाई मेरे को में दे ये ये ये ये ये ये कौन कौन सा सा है है है है है का पड़ेंगे और वाला तो लेना चलिए